यहाँ क्यों आयो चली जाओ यहां से अपने पुराने दोस्त से बात करने का ये सलीका तो नहीं है बादशाह पिछले सात सालों में तू एक दिन भी मुझसे मिलने के लिए जेल में नहीं आया खैर एक शरीफ आदमी दूसरे शरीफ आदमी को भूल सकता है लेकिन एक गुनाहकार दूसरे गुनहगार को नहीं बोलता। मैं इतने दिनों के बाद जेल से बाहर निकल के आया और तुझे मुझसे मिलकर खुशी नहीं हुई देखो नहीं मुझे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सुनना है नहीं मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी है चुपचाप यहां से चले जाओ चला जाऊंगा पहले मेरी रुपए मुझे वापस कर दो कौन से रुपए की बात कर रहे हो तुम फूले भंडारी जरा ये अपने यहाँ पे दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करो कि जब पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था तो वो रुपए तुम्हारे पास ना आए वो रुपए और माल पुलिस ने अपने कब्जे में कर लिया था मेरे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है तो ये घर परिवार ये बाल बच्चे ये सुख जंतु मिले थे जहां से पुलिस ने मेरा रुपये अपने कब्जे में किया था नहीं नहीं। हमारे यहां हर चीज का बराबरी का बंटवारा होता आया है तूने अपनी किस्मत बुलंद करने के लिए हम सबके साथ धोखा किया बस।, बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया बादशाह तू अपने आप को बुला सकता है लेकिन सुल्तान ना तो तुझे कभी भूल पाया है और ना ही कभी भूल पाएगा याद रखना सुल्तान वो बारूद है जिसे मेरी एक छोटी सी चिंगारी जलाकर तेरे खुशियों भरे खलियान को राख कर दे तो जय श्री महाकाल दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपना अच्छा सा कोई कमेंट कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकोन जरूर दबाइएगा हमारे चैनल को जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी धन्यवाद, धन्यवाद।